डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम किसानों के साथ कलेक्टर पहुंचे जहां उन्होंने सैकड़ों किसानों की धान नहीं बिक पाने की शिकायत कर कलेक्टर के सामने धान खरीदी केंद्र में स्लॉट बुकिंग की डेट बढ़ाने की मांग की जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों से बात करने की भी बात कही है डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम ने बताया की जिले के सैकड़ों किसानों की धान नहीं बिक पाई है किसानों को जानकारी ही नहीं थी की छह जनवरी को स्लॉट बुकिंग की डेट खत्म हो रही है इसलिए किसान स्लॉट बुक नहीं कर पाए है लिहाजा उनकी धान घरों में रखी हुई है मरकाम ने कहा भोपाल में मैंने अधिकारियों से बात की जिस पर उनका कहना है कि डिनोरी कलेक्टर अगर पत्र लिखेंगे तो स्लॉट बुकिंग की डेट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा जब दौरे पर सुनपुरी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो किसानों ने स्लॉट बुकिंग डेट खत्म होने और धान न बेच पाने की शिकायत की विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष दो में अठारह किसानों की धान खरीदी की गयी थी और वर्ष दो में इक्कीस किसानों ने धान बेचने के लिए स्लॉट बुक कराया है जिले के हमारे अन्नदाता किसान जिनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से धान बेचना था और स्लॉट का जो समय किसानों को सही समय में बुकिंग कराने की जानकारी नहीं मिलने के कारण आज किसानों की धान नहीं खरीदा जा रहा है जिससे किसान परेशान है और इस विषय को ले लेकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को पत्र जानना चाहिए इसके लिए मैंने आज भोपाल में बात किया था और भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कलेक्टर के माध्यम से